अरे नुबड़ो आज क्रिसमस है सब सजा दिया ना सेंटा भाई आते ही होगे हो आ, चाचा सब सजा दिया है बस हम अब सोने ही जा रहे हैं ओह सारे बच्चे सो गए हैं चलो मैं इनकी गिफ्ट्स रख देता हूँ फिर मुझे अजय देवगन को बिमल देने भी जाना है अरे बच्चों बता